पहला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण हेतु तो कौन से अनुच्छेद जोड़े गए अनुच्छेद चौदह छ वे अनुच्छेद पंद्रह छ अनुच्छेद सोलह छ अनुच्छेद सोलह छ वे सत्रह छ अनुच्छेद सत्रह छ वे अठारह छ और इसका सही जवाब देख लेते हैं तो इसका सही जवाब है वो है अनुच्छेद वे अनुच्छेद, सोलह छ अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद चौदह अनुच्छेद पच्चीस अनुच्छेद इक्यावन या अनुच्छेद बत्तीस और इसका सही जवाब है वो है अनुच्छेद बत्तीस अगला क्वेश्चन है बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद अट्ठारह अनुच्छेद अट्ठाईस अनुच्छेद चौबीस और अनुच्छेद बत्तीस और इसका सही जवाब है अनुच्छेद चौबीस में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद इक्कीस अनुच्छेद अट्ठारह अनुच्छेद चौबीस या अनुच्छेद बत्तीस और इसका सही जवाब है अनुच्छेद इक्कीस अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद बीस अनुच्छेद अठारह अनुच्छेद इक्कीस ए या अनुच्छेद सत्रह और इसका सही जवाब है अनुच्छेद इक्कीस ए भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद बत्तीस अनुच्छेद अट्ठाईस अनुच्छेद उनचालीस या अनुच्छेद इक्यावन ए और इसका सही जवाब है अनुच्छेद बत्तीस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन और सिख धर्म सम्मिलित है अनुच्छेद इक्कीस अनुच्छेद पच्चीस अनुच्छेद अट्ठाईस और अनुच्छेद उनतीस और इसका सही जवाब है अनुच्छेद पच्चीस अनुच्छेद अठारह का संबंध है अस्पष्टता का अंत भारत भ्रमण की आजादी जीवन जीने का अधिकार या उपाधियों का अंत इसका सही जवाब है उपाधियों का अंत अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद बत्तीस अनुच्छेद बीस अनुच्छेद तीन और अनुच्छेद चौदह और इसका सही जवाब है अनुच्छेद तीन महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है अनुच्छेद इक्यावन ए अनुच्छेद पैंतालीस अनुच्छेद अड़तालीस अनुच्छेद उनचालीस और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद इक्यावन ए अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद अड़तीस अनुच्छेद उनचालीस अनुच्छेद चालीस या अनुच्छेद चौलीस और इसका सही जवाब है अनुच्छेद चालीस के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद आठ से ग्यारह अनुच्छेद चौदह से अठारह अनुच्छेद इक्कीस या अनुच्छेद बत्तीस और इसका सही जवाब है अनुच्छेद चौदह से अठारह तक में समानता का अधिकार वर्णित है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद चौपन का संबंध है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की पदावधि या महाभियोग की प्रक्रिया और इसका सही आंसर है वह है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अगला क्वेश्चन देखें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद पिचपन अनुच्छेद बावन अनुच्छेद इकसठ या अनुच्छेद अट्ठापन चलिए इसका उत्तर देखते हैं इसका सही उत्तर है अनुच्छेद इकसठ अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वे मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है अनुच्छेद सेवेंटी वन अनुच्छेद सेवेंटी फाइव अनुच्छेद सेवेंटी सेवन अनुच्छेद एटी और इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद सेवेंटी फाइव अगला क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छेद एक सौ आठ अनुच्छेद दो सौ तिहत्तर अनुच्छेद तीन सौ तीस या अनुच्छेद तीन सौ बावन और इसका सही जवाब है वो है अनुच्छेद तीन सौ बावन के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद सिक्सटी वन अनुच्छेद फिफ्टी सिक्स अनुच्छेद सेवेंटी थ्री या अनुच्छेद सेवनटी सिक्स अगला क्वेश्चन है धन विदाई को परिभाषित किस अनुच्छेद ने किया गया है अनुच्छेद एक सौ दस अनुच्छेद एक सौ आठ अनुच्छेद एक सौ नौ या अनुच्छेद एक सौ सात और इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद एक सौ दस अगला क्वेश्चन है संसद का गठन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद सेवनटी सेवन अनुच्छेद सेवेंटी एट अनुच्छेद सेवेंटी नाइन या अनुच्छेद पेटी और इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद सेवेंटी नाइन आज का अंतिम क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद एक सौ चौबीस अनुच्छेद दो सौ बारह अनुच्छेद तीन सौ बत्तीस यह अनुच्छेद दो सौ चौबीस और इसका उत्तर है अनुच्छेद एक सौ चौबीस